है गाइज वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल ट्रुदू ब्लॉग्स में एंड गाइज आज तारीख है नौ अक्टूबर अभी बजे बारह बज के स्... तीस मिनट हो चुके हैं एंड गायज तो आज हम मैं स्कूल से भी आ चुका हूँ बारह बजे तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर, कर, कर दिया है एंड गाइज आज खाने में पिज्ज़ा आज सब आप सब को मैं दिखाऊँगा कैसे बनाते हैं मेरा बहन रहेगी अभी टेस्ट कर लेते हैं तो गाइस मैं फाइनली मैंने खाना खा लिया एंड गाइस तो अभी पिज्जा भी मैंने खा लिया है एंड तो अभी मेरे को घर पे ही प्रैक्टिस करना है तो मैं करता हूँ और आपको बाद में मिलता हूँ बाद में मैं तो तो वैस में थोड़ी देर के लिए गया था तो अभी उठ चुका हूँ तो और, मेरे पर चलता हूं। और तो फाइनली मैं घर पर आ चुका एकडमी से आज बोलिंग सीर्फ और सीर्फ दो गला अभी गुजरे सात बज के बारह मिनट तो अभी मैं पहुँचाऊँ मैं फ्रेश होकर आपको मिलता और मैं खा लेता हूँ तो तभी मिलते हैं चूँकि पौने बारह तो अभी मैं इस व्लॉग को मैं एंड कर देता हूँ तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय